नववर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं मीन राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कैरियर राशिफल के इस कार्यक्रम में जी हाँ मीन राशि के जातकों 2020 में आपके कैरियर में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी 2020 में अपने कैरियर में चार चांद लगाने के लिए क्या ऐसे दिव्यतम से दिव्यतम आप लोग प्रयोग करें कि जिसमें आपको सफलता अति शीघ्र हासिल हो तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो को बहुत ज्यादा आप लोग स्किप मत करिएगा अन्यथा आपको ही हानि होगी आगे बढ़ें दर्शकों मीन राशि के जात वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल मूलांक के अनुसार राशिफल हमारे चैनल पर पड़ा है आप लोग देख लीजिए जो भी नहीं है हमारी प्ले लिस्ट में जाइए का गोचर व राशि परिवर्तन जो है यह भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया जुपीटर का सेटन का राहु केतु का जो भी होता है हमारे चैनल पर पहले पड़ जाता है आप लोग जाकर के देख सकते हैं चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो मीन राशि के जात को करियर के लिए 2020 आपके लिए कैसा रहेगा तो साहब नए नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ इस साल विशेषकर व्यापार करने वालों के लिए यह वर्ष सोने पर सुहागे की कहावत को चरितार्थ कर रहा है क्योंकि इस वर्ष आपकी हॉरस्कोप में कर्म क्षेत्र से लाभ स्थान पर ग्रहों का जाना शुभ माना जा रहा है शुभ परिणाम ये जो है आपको ग्रह देंगे इसके कारण आपको कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लाभ मिलेगा बहुत बड़ा धन लाभ होगा इस वर्ष 2020 में आपकी राशि से कर्म के स्थान पर बुद्ध गुरु सूर्य शनि केतु एक साथ विराजमान है जो कि पंचग्रही योग बना रहे हैं इसके प्रभाव से इस वर्ष आपको अपने करियर को नए आयाम पर ले जाने के कई मौके मिलने वाले हैं जिसका लाभ आपको बिल्कुल उठाना चाहिए यदि आप व्यापार जगत में कुछ नया करने की सोच रहे हैं कोई स्कूल इत्यादि चलाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपार सफलता मिलेगी इस समय यदि आप किसी नए व्यवसाय में निवेश करने की योजनाएँ बना रहे हैं तो आपको लाभ मिलने की अधिक संभावनाएँ हैं लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि एक बार अपने बड़ों से विचार जरूर करिएगा उसके बाद ही निवेश करिएगा और मीन राशि के जातकों 2020 में नौकरी पेशा के लिहाज से यदि हम बात करें तो ये नया वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपको नई जॉब इत्यादि मिलेगी आप लोगों के देखिए अच्छे से एग्जाम जो यूपीएससी के हैं ये क्रैक होंगे यूपीपीएससी के होंगे स्टेट सर्विस के एग्जाम जो है आपके क्रैक होंगे खास करके एसएससी हो गया रेलवे हो गया इसमें भी क्रैक होंगे वहीं मार्च के अंत से और जून तक आपको अपने कार्य में कोई बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होगा हो सकता है आपको ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि मिल जाए या ज्वाइन आप लोग कर लें कार व्यवसाय के सिलसिले से घर से दूर भी भी इस दौरान आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि के के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली में हंस महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। इसके प्रभाव से नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति मिल सकती है साथ ही सीनियर से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे पिछले साल जो हुआ है आप लोगों के बीच फुटपुट वो सब सुधरेगा वरिष्ठ सहयोगियों से समर्थन व मान सम्मान प्राप्त होगा सरकार में किसी से आप हो सकते हैं वहीं 2020 में भाग्य के स्वामी मंगल स्व होकर भाग्य के स्थान में विराजमान है जो आपके लिए भाग्योदय का सुख संकेत दे रहे मीन राशि के जात इस समय भाग्य आपके आगे चलेगा यानी कि हर कार्य में आपको सफलता आपके हाथ लगेगी ये वर्ष आपके जीवन साथी के करियर के लिए भी शुभ रहने वाला है क्योंकि आपकी वर्ष कुंडली में सुखेश और जो सप्तमेश का कारक ग्रह बुद्ध है वो आपकी जो है जन्म पत्रिका में राशि व सूर्य के साथ बुधादित योग बनाए हुए जिससे ये हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं पता लगा लेते हैं कि जीवन साथी के करियर के, के लिए कैसा रहेगा तो काफी अच्छा रहने वाला है सुखद परिणाम देने वाला है इस वर्ष राहू का राशि परिवर्तन तेईस सितंबर को हो रहा है जो आपके पराक्रम भाव को प्रभावित करने वाले हैं राहू आपके पराक्रम स्थान पर वृषभ राशि में आ जाएंगे जिससे आपके पराक्रम में उन्नति के योग बना रहे हैं २९ सितंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं शनि के मार्गी होने पर पुनः आपके कार्यों में तेजी आनी शुरू हो जाएगी पिछले समय से जो काम आपके रुके हुए थे वो तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे जैसे ही 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति दोबारा मकर राशि में आएंगे नीचभंग राजयोग बनाएंगे क्योंकि कर्क में उच्च के होते हैं मकर में नीच के होते हैं तो नीचभंग जब ये राजयोग बनाएंगे तो सफलता मिलनी आपको शुरू हो जाएगी तो कुल मिला करके ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है अगर हम एक शब्द में अपनी बात को कहें तो बेहतर रहेगा अच्छे दिन शुरू हो गए हैं खूब इन्जॉय करिए खूब आप लोग जो है आगे बढ़िए तरक्की करिए और इस वर्ष से अच्छा आपको कोई वर्ष फिर दोबारा मिलेगा नहीं ये भी हम आप लोगों को बता दें साथ ही साथ दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे जो लोग एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा बुक सेले सेलर होने चाहते हैं या अपनी बुक्स इत्यादि पब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा आप लोग प्रयास करिए करके देखिए साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट लोग टीचिंग सेक्टर से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं उनको कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा सरकारी क्षेत्र में वो टीचर बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि बन सकते हैं जो शोध के विद्यार्थी हैं इनको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा और बाहर जा कर के ये लोग अपनी थिक्स वगैरह लिख सकते हैं साथ ही साथ किसी ऐसे गुरु के प्रभाव में आएंगे इस साल जो कि गुरु के माध्यम से इनको करियर में बूम मिले आ, मतलब करियर इनका ग्रो हो चार चांद लगे तो ये तो था मीन राशि के जातकों का कैरियर राशिफल अब चलते हैं उपाय की ओर लेकिन आगे बढ़े दर्शकों आप लोग पूछेंगे सब कुछ तो अच्छा उपाय करने की क्या ज़रूरत है पैसा तो नहीं बीच में कुछ ख़राब भी है और अगर आप कै भाग्य के भरोसे रहते ही हैं तो कोशिश किया करिए जब भी आप बीमार पड़ा करिए या आपके घर परिवार में कोई जो है बीमार पड़ता है तो आप लोग डॉक्टर के पास मच जाया करिए भाई सही हो जाएगा भाग्य है अपने आप ही वो सही हो जाएगा व्याधि है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके अंदर होगी तो अपने आप सही करेगी डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है तो उस जगह आप लोग समझौता नहीं करते हैं उस जगह आप लोग डॉक्टर के पास तुरंत भागते हैं तो इसी प्रकार से आपका भाग्य होता है जब भाग्य में कुछ बाधा आए रुकावट आए और नहीं भी आती है तो ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और सचिव वैध गुरु राजा ज्योतिष इनके पास तो खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए तो दर्शकों आपके भाग्य में भी यदि कोई रुकावट आ रही है चूंकि ये जो राशिफल है ना मीन राशि का ये मान के चलिए कि ये करोड़ों लोगों का है आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है ये चीजें आपके साथ ना घटित हो आपकी जन्म कुंडली में वास्तविक ग्रहों की स्थितियाँ क्या है ये भी विचारणीय होती है महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा, दशा, दशा प्राण किस ग्रह की चल रही है ये भी विचारड़ीय होती है योगनी दशा क्या होती है ये भी विचारडीय होती है आपकी कुंडली के सब डिविजनल चार्ट क्या कहते हैं इसको भी देखा जाता है तो दर्शकों ज्योतिष बहुआयामी है तो आप लोग स्पेशलिस्ट के पास जाइए जरूरी नहीं आप हमारे पास ही आए आपके आस भी कोई ज्योतिषी होंगे उनके पास जा सकते हैं लेकिन ऐसे मक्का जोतियों के पास बिल्कुल मत जाइएगा जो कि घर बैठे आपके ग्रह पूजा पाठ करके शांत कर देते हैं तमाम YouTube पर चले हुए हैं तमाम अनुष्ठान होते हैं आपके पैसे बर्बाद वहां पर होते हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिलता और फिर आप लोग ही फ़ोन करके कहते हैं पंडित जी उन्होंने इतना ले लिया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो वही होता है पछताए होद का जब चिड़िया चुग गई खेत हमारा काम था आपको एलर्ट कराना मानना ना मानना आपका रुपया आपका पैसा आपका तो दर्शकों उपाय अब नोट कर लीजिए बातें बहुत हो गई हैं उपाय नोट करिए सबसे पहला उपाय आपको करना क्या रहेगा कि नित्य आपको जो है हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करना होगा हनुमान जी की फोटो के सामने दूसरा दर्शकों संडे वाले दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तीन बार करना रहेगा एक अन्य प्रयोग बता रहे हैं कि शुक्ल पक्ष के ये प्रथम शनिवार को करना रहेगा और साल में दो बार करिएगा एक बार छः महीने में एक बार छः महीने में दूसरी बार करना क्या रहेगा कि एक ताला लेना है आपको और शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को ही करना है एक ताला लेना है और लॉक मत करिएगा खुला हुआ ताला अगर आपके घर में कोई पुराना ताला है आप लोग उसको यूज कर सकते हैं उसको ले लीजिए और शनिवार वाले दिन रात्रि के समय मतलब सात से लेकर के दस बजे के बीच में आप लोगों को चौराहे पर जाना उस ताले को अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लाकवाइज अर्थात बामा वर्त है और वहाँ पर रख के चुपचाप चले आना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है एक और प्रयोग बता रहे हैं और बहुत ही ये मधुर प्रयोग है बहुत ही अच्छा प्रयोग है मौली जानते होंगे जिसको कलावा बोलते हैं तो महीने में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौली लीजिएगा और अपने हाथ पर लपेटिए गए देखिए पहने हुए कलावा तो इसको लपेटना है और हर महीने इसको आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को चेंज भी करना है बदलना भी है स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी आपको डाल करके जल में तब आपको स्नान करना रहेगा तो ये सारे आप उपाय करिए निश्चित ही इनका आपको लाभ अवश्य मिलेगा पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं भविष्यवाड़ी करते हैं निन्यानबे दशमलव नौ नौ से चला आ रहा है तो आप लोग जा करके देख सकते हैं भागीरथ श्रृंखला में आप ही लोगों के बीच से लोग आ के जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए अपनी कुंडली का विश्लेषण सुबह 10 से शाम 6 के बीच में हमारे कार्यालय पर का फोन करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के आप लोग प्रोसेस जान सकते हैं आपके शहरों में आते हैं आप लोग आकर के मिल सकते हैं और एक अंतिम आप लोगों से जो है हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए मीन राशि के कैरियर राशिफल के, के ए, कमेंट बॉक्स में इतने जय श्री राम के उद्घोष हो जाने चाहिए कि राम नाम रूपी यहाँ पर एक समुद्र बहना चाहिए तो प्लीज़ इसको आप लोग कीजिए कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा लाइक कीजिए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में और नौ वर्ष की असीब शुभकामनाओं के साथ मीन राशि के जात आप लोगों को छोड़े जा रहे हैं दीजिए इजाज़त तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम